जल्दी कर दे यार अरे भैया कोई पुरानी स्कूटी दिलवा दो यारू भी बाबला चौधरी मिल नहीं है पीछे खड़ी है पच्चीस हजार रूपए की लाओ चलो देख लो भाई हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है तेरे भी लग रुपए दे तू हाँ सिगरेट मांग रहा है आपके मोची है भाई ऑलराउंडर अमेरिका जहाँ पे अवेंजर्स की टीम है लेकिन भारत के YouTube चैनल पर सेवेंडर्स की पूरी बटली है टीम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कॉमेडियन है और कॉमेडियन की टीम नहीं होती बल्कि बटली होती है बटला बटली बटलो जो समझ सके हो समझ अरे मेहरबानी कैसी है तो भाई बंदगी है सब कुछ भाई क्या वाकई सब कुछ फ्री है सर मैंने बोला ना सब कुछ फ्री चलो शुक्र है यार सब कुछ फ्री है भाई थैले के तो पैसे नहीं है ना क्योंकि एक बार भी भी भी पहले तो कटाई हो चुकी है मेरी भाई सब कुछ में थैला भी है जाओ यार तुम ले लो क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा चल अरे अभी गया ले मैं और ले भी आया ठीक है भैया इजाजत है जा सकता हूँ ठीक है भैया तो खुल नहीं रहा यार गेट तुम्हारा सर ये ऐसा नहीं खुलेगा पासवर्ड से खुलेगा ये तो भैया डालो पासवर्ड मेरे को लेट हो रहा है पासवर्ड तो इसका बनाना पड़ेगा अरे छोटू गेट खोल दे गेट देख लो भाई <laughs> सोच के गया था कि फ्री मिलेगा लेकिन फ्री के चक्कर में बेचारे का दस हजार का फोन चला गया अगर वो खरीदता तो मात्र हजार दो हजार और पचास सौ दो सौ रुपए का उसे चश्मा मिल जाता लेकिन फ्री के में का फोन चलो गए टीम है वो पूरी दुनिया को बचाती है दुश्मनों से लेकिन सेवेंदर्स की जो पूरी बटली है वो पूरी दुनिया को हंसाती है अपने कॉमेडी वीडियो से जैसे की ये देख सकते हो मतलब खतरनाक चल बे निकाल भाई ने भेजा है साले इतना मारूंगा का। भाई का देख के डर <laughs> गया है। चलो भाई आगे चौक पर एक दुकान है उससे तू लेकर आई भाई, भाई ने भेजा है हफ्ता निकाल कभी घंटा भाई भाई भाई भाई भाई। तो ले जा सकते थे वहाँ आप क्यूँ गए अगर मैं वहाँ जाता तो पिछली दुकान का पैसा पड़ जाता ऐसा क्यों भाई क्या ये आपसे वसूली करता नहीं यहाँ हमारा उधार चलता है जो हमने काफी टाइम से नहीं चुका चलो उधार नहीं चुकाया तो उसकी दुकान पे नहीं जाता लेकिन हफ्ता लेने के लिए अपने चेले चपाटे जरूर भेजता है। ये हमें दिखाना चाहते हैं मतलब उसे पता नहीं कि भाई का उधार चलता है। तो वो उसमें से पैसा नहीं का तो <laughs> यूट्यूब चैनल पर सात लोगों की पूरी बटली है जिन्होंने दिन रात पत्थर तोड़कर मेरा मतलब है मेहनत करकर एडिटिंग कर स्क्रिप्ट लिख लिखकर इतना बड़ा YouTube YouTube चैनल चैनल स्थापित किया पे एक है। है इनके करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत फेमस बंदे टाइम पूरा यानी कि अगर आप जानते हो तो लाइक का बटन जरूर ले ले मीठे एक लाख तो की खटाई दे चाचा ये लो भाई, सो सपोर्ट करने को के हो गए मेरे, अंकल जी थैंक यू सो मच ये, ये क्या हुआ? ये अंकल मेहनत का फल है मेरी फल तो ये है अरे टोपा भैया टोपा भैया इसमें क्या फायदा और तू है और खाना तो खा तो ले हंड्रेड के ही मेरे इतने सालों में हुए गजब है। <remedy> <wanting to> <blow> <B money> <laughs> अरे तो बताते जाओ अपनी। कर लियो मेरा बाप। <vague même> इनके बारे में में आगे बताएंगे अगले वीडियो इनका क्या नाम है और टोपी वाले भैया का क्या नाम है ठीक है तो चलो मैं बता दू दूसरे नंबर पे तो टोपी वाले भैया जिसे आपने देखा भैया कोई लोवर मिल जाएगा क्या ब्रांडेड था इसकी खासियत यह है कि आप इसे बीच में से भी कच्छा भी बना सकते हैं दूसरे नंबर यार ये आइटम तो वाकई में नया है। कितने का आए ज्यादा नहीं बस पंद्रह सौ रुपए सौ बताओ अगर मैं इसका कच्चा कच्चा लू तो पैसे कम तो हो जाएंगे ना? तो यार आधा आइटम ले लो तो पैसे तो कम होने चाहिए अच्छा साढ़े सात सौ रुपए साढ़े बनाया तुमको साढ़े ना पैक कर दो पैक कर दो पैसे कहा देने जी पैसे उधर कटवा दे चल। कमीज नहीं है। यार भैया ये तुम्हारे नीचे के तो बेकार हो गए ये ये भी मुझे ही दे दो यार। यार ये पांच पाँच हमारे किसी काम के लोवर साढ़े सात सौ में साढ़े सात सौ रुपये में लोवर दे दिया हाफ वो ही रह गया अब वो भी उसको फ्री में चाहिए चलता है थोड़ा मोड़ा चलता है टोपी वाले भैया था भैया थे ये, <laughs> इन्हें प्यार से लोग था पन्ने मेरा मतलब है बन्ने। और इनका असली ने नाम है नदीम पहले नंबर पे हैं मोटे हट्टे कट्टे तगड़े वाले भैया इस वीडियो में जानका नहीं देखो तो दुकान वाले बहन की आँख देखते क्या मतलब है इस प्रसो तो में तुम्हारे ये तुमने चुपा रखा सोच समझ के अंदर आए हाले अंदर बताओ भैया हमारी गारंटी है जब आप एक बार अंदर आएंगे तब तो कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर ले जाएंगे इसके बाद अरे ऐसा एक क्या रहे हो जो इतनी गारंटी ले रहे हो कोई नॉर्मल कपड़े सब और किसी को कुछ पसंद ना आवा अगर फिर फिर भी ले जाओ में कुछ ले ही ना रहा अरे मोटे पकड़ अरे भाई साहब ये क्या बात है यार रुपए दे जाओ और चले जाओ अरे भाई साहब तीन सौ रुपए किस बात के टाइम खराब करने के जितनी देर तुमने बात करी तीन सौ रुपए लगना देर में पैसे दो सौ सौ रुपए का देते तो भाई <laughs> साहब बिना कमाए दवाए सौ रुपए में लिया सौ रुपए की दयाड़ी बन गया तो ये जो मोटे वाले भैया थे जो कि धमका के ग्राहकों को ऐसे कपड़े बेच रहे थे इनका नाम है मोहम्मद आसिफ प्यार से। आसिफ का मतलब होता है उर्दू में सासी, सासी। तीसरे नंबर पे लासन, लासुन। मेरा मतलब है तस्लीम हसन चौथे पर है शाहरुख जोरदी जोरदी जोरदी जल्दी आगे। आगे। अरे मोची बब्बन भिगारी का मकान कौन सा है बब्बन भिगारी का मकान तो वो है सामने टक्कर वाला लेकिन तुम जल्दी आ गए शाम को पाँच बजे बैठता है मांगने अच्छा। अरे तो रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार हो तो खाली आज जा रहे हो अरे तो जाते हैं दो दर्जन केले मगर हमें कोई मिला ही नहीं ये लोग दर्जन केले सौ रुपए हो गए कहाँ ऐसी अरे है तो तो छोड़ा गया ना का ये तो उनका पर्स दे दियो मैंने मार लिया पैसे और वीडियो क्या हुआ और वीडियो कल देख लो ट्रेंडिंग पे चल निकलो ऐसा रोस्ट मारूंगा की ये वीडियो अगले दिन ट्रेंडिंग में जाएगी शेर का आवाज आई अब ये वीडियो वीडियो वाली है ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में माय फर्स्ट आओ छठे नंबर पे है।, है। पे है प्रिंस का जरूर तो बताना एक बार तो जरूर यह थी से टीम जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और इनके कुछ वीडियो देखते हैं रोस्ट करते हैं उन्हें अगर रोस्टिंग के लाइक हुई तो बाकी की कॉमेडी वीडियो है जिन पर करोड़ों व्यूज़ गए हैं अब देखते हैं कि हमारे में ये ट्रेंडिंग नंबर पर जाती है कि नहीं